कटनी में बहुरीबंज क्षेत्र के निवासियों की पानी की समस्या अब खत्म हो जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है जिससे नर्दा जल परियोजना के तहत बहोरीबंद क्षेत्र को पानी मिलेगा सबसे ज्यादा नदियों का प्रदेश होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र पानी की समस्या से गुजर रहे हैं एक ऐसा ही क्षेत्र है बहोरीबंद जहां पानी की समस्या को लेकर रहवासी परेशान थे लेकिन अब इस समस्या से उन्हें निजात मिल जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक करोड़ का बजट पास कर इस समस्या का समाधान कर दिया है अब जल परियोजना ऐसी बहोरीबंद क्षेत्र को पानी मिलेगा आपको बता दें कई वर्षो ऐसी यहाँ आरोप जल संकट होने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था स्थानीय विधायक प्रणय पांडे के अथक प्रयासों से सरकार ने जल संकट से उभरने के लिए राशि प्रदान कर दी है जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ रही है क्षेत्र की जनता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए जगह जगह विधायक प्रणय पांडे का स्वागत किया वहीं स्थानीय विधायक ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी का धन्यवाद किया आज मध्य प्रदेश का बजट एक तारीख को पेश हुआ उसमें हमारे बोहरीगन को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सौगात मिली है तो आज पूरे क्षेत्र में होली का माहौल आदि से बन गया है आनंद का उत्सव है रंग गुलाल की फूलों की होली हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश अध्यक्ष जी का और सरकार का सभी हम सभी मिल धन्यवाद अभिवादन कर रहे हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का